साथियों नमस्कार स्वागत है आपका जुलाई माह के राशिफल के इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे कि मेष राशि के जातकों का जुलाई माह कैसा जाएगा उनके लिए शुभ दिन कौन सा है प्रतिकूल दिवस उनके लिए कौन सा रहेगा उनके लिए भाग्यशाली अंक कौन सा रहेगा कौन सा कलर उनके लिए सर्वोत्तम रहेगा और अंत में हम बताएंगे कि कौन सा ऐसा शुभ उपाय करें कि जुलाई का या माह मेष राशि के जातकों के जीवन में खुशियां भर दें आगे बढ़े दर्शकों उससे पहले नई सरकार को हम बधाई देना चाहते हैं और जैसा कि हमने प्रिडिक्शन किया था कि बीजेपी ही सत्ता में आएगी और जो हमने भविष्यवाणी की थी जी न्यूज़ पर भी इसको दिखाया गया था और जी न्यूज़ का बहुत बहुत साधुवाद इसके साथ साथ दर्शकों सीटों के बारे में जो हमने बताया था वो भी अक्षर सा सत्य हुई आप हमारे इलेक्शन 2019 की प्लेलिस्ट बनी हुई है आप लोग ऊपर आईकार्ड में भी देख सकते हैं इस पर भी जा करके आप लोग हमारी एक एक भविष्यवाड़िया चेक कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं दर्शकों तो जुलाई माह में दो जगह मार हमारे रायपुर 10 से 13 जुलाई और उसके बाद आना होगा हमारा मुंबई 20 से 25 जुलाई मुंबई रहेंगे इच्छुक दर्शक जो कोई भी यहां से है हमसे मिल सकते हैं की ज्योतिषी दावा कर रहे हैं कि 2014 में पीएम मोदी की अगुवाई में दो सी सीटें हासिल करने वाली बीजेपी इस बार साढ़े तीन के आस पास सकती है और एन डी के पास फिर से बीजेपी सत्ता में आएगी शनि की तीसरी दृष्टि देख लीजिए धनु राशि राशि पर पर जो है अपने कुंभ पड़ रही है और भाग्य के घर पर पड़ रही है सनी की तीसरी कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी हम एनडीए की बात नहीं कर रहे हैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आएगी सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनकर निकलेगी और कम से कम दो सौ से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 जुलाई माह के प्रमुख व्रत एवं कौन से हैं इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं देखिए दो तारीख को दो जुलाई को आपको बहुत सावधान रहना है क्योंकि सूर्यग्रह रहेगा हालांकि हालाँकि सूर्यग्रह भारत में दिखाई नहीं पड़ेगा फिर भी सावधानी आवश्यक है चार तारीख बृहस्पतिवार दिन रहेगा जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा जी हाँ बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है और लाखों लोग इसमें शामिल होते हैं बारह तारीख शुक्रवार दिन रहेगा देवशैनी एकादशी रहेगी सोलह तारीख आषाढ़ पूर्णिमा रहेगी और एक बात बताना चाहेंगे आंशिक चंद्र ग्रहण भी रहेगा इस दिन गुरु गुरु पूर्णिमा भी रहेगी गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात पर ब्रह्मा तस्मय श्री गुरुवे नमा और कर्क संक्रांति भी 16 तारीख को जो है देखिए है को संक्रांति क्या होती है बेसिकली देखिए सूर्यदेव मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर करेंगे तो इसी को संक्रांति बोली जाती है सत्ताईस तारीख को कामिका एकादशी रहेगी अट्ठाईस तारीख संडे दिन रहेगा गौ कामिका एकादशी रहेगी तो चलिए दर्शकों मेष राशि की ओर आगे बढ़ते हैं कि जुलाई माह में मेष राशि के जातकों के साथ क्या क्या घटनाएं घटित होंगी तो मेष राशि के जातकों चूंकि मंगल बारहवें स्थान में होने से पारिवारिक एवं घरेलू उलझने बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा साथ ही साथ आपका खर्च बहुत अधिक कराएगा चूंकि जो कुंडली का ट्वेल्थ हाउस होता है ये आपके खर्च का होता है तो हानि और खर्च भी आपका बहुत होगा अत्यधिक क्रोध एवं उत्तेजना से कोई बहुत बड़ा बना हुआ कार्य आप लोग स्वतः ही बिगाड़ते हुए नजर आएंगे अथा अपने गुस्से पर यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से कंट्रोल रखना होगा नियंत्रण रखना होगा पूर्व नियोजित योजनाओं में विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है एक से सात तारीख के बीच कार्य के प्रति आप ऊर्जावान दिखेंगे कार्य स्थल पर जोश में होश आपको कदापि नहीं खोना है किसी से आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है राह चलते किसी के लड़ाई झगड़े में आप सम्मिलित हो सकते हैं तो ऐसे आपको बचना रहेगा आपका स्थान परिवर्तन कार्य में स्थान परिवर्तन होने का योग भी इस माह बन रहा है यदि आप स्त्री जातक हैं तो अगर गर्भकार जो है गर्भ धारण कर चुकी हैं तो हो सकता है कि गर्भपात हो सकता है अतः डॉक्टर से सलाह लेते रहिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा और ग्रहण वाले दिन आपको विशेष रूप से सावधान रहना रहेगा इसके साथ साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि घर में परिवार में झगड़े झंझटों के कारण आपके मन की जो सुख शांति है इसका अभाव रहेगा पारिवारिक समस्याओं के कारण स्वजनों से विरोध होगा वहीं सात से चौदह तारीख की बात करें तो आर्थिक तंगी कुछ रहेगी आपके पेट में अपच छाती से संबंधित कोई रोग उभर कर आ सकता है रक्त संबंधी विकार पाइल्स इत्यादि से संबंधित कोई दिक्कत आ सकती है हाई ब्लड प्रेशर उच्च रक्तचाप अथवा आप किसी मौसमी बुखार से ज्वर से पीड़ित होते हुए नजर आएंगे भूमि भवन तथा स्थायी संपत्ति संबंधी समस्याएं मेष राशि के जातकों को जुलाई माह में बनी रहेगी माता अथवा मातृ तुल्य लोगों को महिलाओं को कष्ट होगा मन में आपके हिंसा तथा क्रूरता का भाव जागृत होगा सुख और ऐश्वर्य में कमी आती हुई दिख रही है वहीं 14 से लेकर के 20 तारीख के बीच यात्राएं तमाम होंगी और उच्च अधिकारियों का आपको साथ बहुत अच्छा मिलेगा जैसे ही सूर्य देव कर्क राशि में आ जाएंगे आपको उच्च अधिकारियों का साथ बहुत अच्छा मिलेगा इसके साथ साथ कोई नए जमीन का आप सौदा कर सकते हैं कोई नया वाहन क्रय कर सकते हैं अथवा आपकी यदि कोई प्रॉपर्टी है इसको भी आप लोग सेल कर सकते हैं इस दौरान यदि आपके बच्चे उच्च शिक्षा के लिए कहीं बाहर अप्लाई किए हैं और वेटिंग में उनका रिजल्ट है तो बहुत हद तक की सितारे ये संकेत कर रहे हैं कि उनके पक्ष में ही रिज़ल्ट आएगा और उनकी वेटिंग क्लियर हो सकती है कंपटिशन तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये माह मिला जुला असर लेकर के आया है यदि आपका कोई एग्जाम है तो ये एग्जाम आप मन लगा करके देंगे बहुत अच्छा होगा वहीं 23 से इकतीस जुलाई तक आर्थिक लाभ आपको बहुत अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा सुख वैभव की प्राप्ति आपके जीवन में होती हुई नजर आएगी इसके साथ साथ सामान्य जनों से आपका संपर्क तथा प्रेम संबंध बढ़ता हुआ दिख रहा है अविवाहित लोग जो लोग हैं इनको कोई नया विवाह का प्रस्ताव भी प्राप्त होता हुआ दिख रहा है स्वभाव में आपके जिद तथा अहम बढ़ेगा अपनी मनमानी पर आपको इस बीच नियंत्रण करना होगा अन्यथा आप हानि उठाते हुए नजर आएंगे मेष राशि के जो जातक रहेंगे इस माह हम यहाँ पर आप लोगों को पर्सनली सलाह है कि प्लीज़ आप लोग वाहन बहुत सावधानीपूर्वक चलाइएगा सीट बेल्ट वगैरह का आप लोग प्रयोग करिएगा हेलमेट लगा करके तब चलाइएगा अन्यथा चोट चपेट आपको लग सकती है इस माह में मेष राशि के जातकों के लिए सबसे जो लकी डेज रहेंगे ये कौन कौन से रहेंगे तो एक तारीख आठ तारीख सत्रह तारीख उन्नीस तारीख तेईस तारीख चौबीस तारीख सत्ताईस तारीख और उनतीस तारीख ये आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन रहेगा वहीं 27 तारीख में दोपहर तक ही आपका समय अच्छा रहेगा दोपहर के बाद स्थिति थोड़ी सी आपके नियंत्रण से बाहर होगी वहीं जो सबसे प्रतिकूल दिनांक रहेगा आप लोग नोट कर लीजिए 3 तारीख 6 तारीख 10 तारीख 12 तारीख 14 तारीख 22 तारीख 23 तारीख की शाम को 27 तारीख और इकतीस तारीख तो इस दौरान आप लोगों को विशेष सावधानी देना देखिए हम जो से हमारा काम है जो है बताना कि आप लोगों को एलर्ट रहना है अब आप लोग एलर्ट नहीं रहेंगे तो नुकसान आप लोग उठाएंगे और आपके लिए जो इस माह सबसे लकी कलर रहेगा ये आपके लिए रेड कलर रहेगा और दूसरा आपके लिए येलो कलर ये दो कलर आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगा आप ऑफिस जाते भले ही आपकी वाइट शर्ट या ब्लैक पैंट हो आप रेड कलर का रूमाल अपने साथ रख सकते हैं या अंदर रेड कलर की आप कोई जो है अंडर गारमेंट यूज कर सकते हैं तो इसका आपको ध्यान रखना रहेगा सबसे जो लकी नंबर रहेगा जो लोग आ, क्या कहते हैं सट्टेबाजी करते हैं जुए वगैरह में हम इस सब की सलाह नहीं देते हैं लेकिन आपके लिए जो सबसे लकी अंक रहेगा नंबर एक और नंबर आठ अंक जो रहेगा ये आपके लिए सर्वथा भाग्यशाली अंक रहेगा इस अंक का प्रयोग करके आप आने वाले जो है अपने जीवन को सुखद और सरल बना सकते हैं इस माह में उपाय क्या करना है मेष राशि के जातकों को तो हमारे जो मेष राशि के जातक हैं सबसे पहले देखिए आप लोगों को हर बृहस्पतिवार विष्णु साहस नाम का पाठ करना रहेगा शनिवार वाले दिन आप लोगों को उड़स से बनी हुई कोई चीज खुद बनानी है देखिए आप लोग घर में माता से बनवा सकते हैं अपनी पत्नी से बनवा सकते हैं लेकिन आपको खुद बनानी है कुछ आपको उसमें श्रमदान करना पड़ेगा या अगर आप उड़द के बड़े बना रहे हैं तो उसको आप जो है तल ही दीजिए या आप और भी कुछ चीजें जो है मार्केट से ला सकते हैं तो श्रमदान देखिए खुद करिए दूसरों के ऊपर मत रहिए कि अगला बना करके दे देगा आप जाएंगे उसका दान करेंगे तो अपने हाथ से बने हुए आप लोग उड़द के बड़े बना करके किसी गरीब को खिलाइए मजदूर को खिलाइए आपके लिए अच्छा रहेगा चिमटा हो गया चक्कू हो गया तवा हो गया इन चीज़ों का दान शनिवार वाले दिन माह में आप लोग एक बार जरूर कर दीजिएगा कार्यक्षेत्र पर निकलने से पहले थोड़ा सा शहद मधु जिसको कहते हैं इसको आपको अपनी जिब्हा पर रख के तब निकलना होगा ये प्रयोग देखिए बहुत ही जाने माने प्रयोग है दर्शकों और इसको करने से आपको निश्चित ही लाभ होगा धन लाभ के लिए आपको एक प्रयोग बता रहे हैं मानसिक रूप से जब भी आप गाड़ी चला रहे हो या ऑफिस में बैठे हो लक्ष्मी जी के बीज मंत्र श्रीमंत्र का आप लोग मन ही मन उच्चारण करिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा तो ये प्रयोग करके मेष राशि के, के जातक अपने जीवन में बहुत हद तक की जो आने वाली परेशानी है इनको कम कर सकते हैं तमाम लोग कहते हैं कि पंडित जी आप राशिफल में बड़ा मतलब जो है बहुत ज्यादा आप निगेटिव बोल देते हैं तो क्या करें नेगेटिव समय चल रहा है तो बोलेंगे नहीं अच्छा तो सबको ये आप लोगों को बोल देगा वो घटनाएं घटित नहीं होगी कल को आप लोग फिर कहेंगे कि पंडित जी आपने क्या बताया था क्या हुआ तो देखिए जो चीज़ है वो हम आपके सामने बोल रहे हैं मानना ना मानना आपके ऊपर है तो दर्शकों दीजिए इजाज़त अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और हाँ डेली हम राशिफल में लाइव होते हैं रात्रि 10 से 11 के मध्य यदि आपको भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है शुल्क के साथ ये सुविधा है और यदि आप बहुत आर्थिक रूप से अक्षम है नहीं दे सकते हैं देखिए आप हमसे धोखा कर सकते हैं लेकिन ईश्वर से कहा कर पाएंगे वास्तव में यदि आप अक्षम हैं तो आप रात्रि में 10 से 11 बजे तक हमारा प्रोग्राम देखा करिए लाइव राशिफल उसमें हम आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस लेते हैं उसके बाद लाइव आपसे बात करते हैं किसी का कोई बीच में इंटरफेयर नहीं रहता है और उसमें हम आपकी परेशानियों का उपाय भी बताते हैं कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम हमारे सम्मानित दर्शक कमेंट के माध्यम से बताइए और हाँ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए दीजिए इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार